एक दिन बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोखलाय स्वर में बोला, जमींदार राम सिंह ने मेरा अपमान किया है आप सभी चले, उसे सबक सिखाना होगा। बुद्ध बोले प्रियवर सच्चे बुद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती तुम इस बात को भुला दो जब प्रसंग भुला दोगे तो अपमान कहां बचा रहेगा? शिष्य ने कहा उसने आपके प्रति भी असब्द का प्रयोग किया था। आप चलिए तो सही। आपको देखते ही वह शर्मिंदा हो जाएगा और क्षमा मांग लेगा इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा बुद्ध कुछ विचार कर बोले अच्छा यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य राम सिंह के पास चलकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा, शिष्य ने आतुर होकर कहा चलिए, नहीं तो रात हो जाएगी बुध ने कहा रात आएगी तो क्या रात के बाद दिन भी तो आएगा यदि तुम वहाँ चलना आवश्यक ही समझते हो तो मुझे कल याद दिलाना कल चलेंगे दूसरे दिन शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध बुद्ध अपनी साधना में लीन हो गए। दोपहर होने पर ने शिष्य से पूछा, आज राम सिंह के पास चलना है? शिष्य ने कहा नहीं मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी अब राम सिंह के पास चलने की कोई जरूरत नहीं है बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा अगर तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचे तो हमारे भीतर की कटुटता समाप्त हो जाती है शिष्य ने बुद्ध का ऐसे समझ उनके प्रति नतमस्तक हो गया